कोल मेरू दिल लगे गु चिकी गालू काल मेरू दिल लगे चिकी ए गोरी मुखोड़ी सजली ना तो मकी नतुली भली सजा I'm gonna turn you into a star. वस्त्रम तुझे आजाओंगी, दन लगा दी परी कसम माँ के चन। वस्त्रम तुझे आजाओंगी, हैस दी गलवाड़ म पड़ दुपिल, मेरू दिल लगे सर रालु चीके। हैस दी गलवाड़ म पड़ दुपिल, मेरू दिल लगे सर रालु चीके।